मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं तुझे खुश मैं रखूंगा सुने आ, मैं तेरे हूँ दो तो बेखामोशी कभी देख सकता नहीं के साथ